ये कहानी है एक बाज की उनके भाइयों की और उसकी माँ की जो उन सब से बेपना प्यार करती थी एक बाज जो उन भाइयों में सबसे बड़ा था हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था कि वो उड़ पाए हाँ लेकिन उसमें काबिलियत थी उड़ जाने की तभी तो उस काबिल बन पाया जिसकी हम बात करने वाले हैं तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से जहाँ उसकी माँ और उसके भाई और वो रहा करता था एक पास प्यारा सा छोटा सा एक दिन हुआ ऐसा कि उसकी मम्मी उन सभी के लिए खाना लाने गई और शाम तक लौट के नहीं। बात चिंता में पड़ गया कि मम्मी को हुआ क्या वो अभी तक तो आ जाती थी कैसे वो खाना लेके न ऐसे ही बैठे उन सभी को दो दिन हो गया उनके भाई बहुत ज्यादा वीक हो गए थे जिससे उनकी जान भी जा सकती थी खाना ना मिले तो हम सबको क्या लगता है हो जाते हैं ना वीक पैसा टाइप फिर बाद में सोचा कि अब मुझे करना ही होगा कुछ ऐसे ही हाथ पे हाथ पकड़ के बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई तो मर ही जाएंगे और साथ में मैं भी जैसा होता है ना जब अपने पे दुख आती है तो वो दुख कम लगता है जब अपनों पे दुख आती है ना तो वो दुख सहा नहीं जाता रसा टाइप उसका भी सिचुएशन था फिर उसने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा उसने देखा कि बाजू के घोंसले से दो तीन पंछियाँ उड़ना सीख रहे थे उसने ये सोच लिया कि मुझे भी उड़ना है और मुझे भी जाना है अपने भाइयों के लिए खाना लाने नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे फिर उसने देखा उन पक्षियों को उड़ते वो पहले घोंसले से नीचे गिरते थे उसके बाद उड़ते थे पर आज तो उड़ना जानता ही नहीं था उसकी तो ये पहली उड़ान थी उसे बहुत डर लग रहा था बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं वो गिर के मर ना जाए लेकिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने आप पर भरोसा करूँ जब ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे तो मेरे भाई बंधु मर ही जाएंगे और साथ में मैं भी उससे अच्छा है कि मैं उन सबसे पहले अपनी जान त्याग दूँ इस हौसले से कूद के फिर उसने उस हौसले से जंप लगा दी अपने आप पे भरोसा करके कि वो कर सकता है वो जो वो सब पंछियाँ कर रही है और फिर वो गिरता क्या वो गिरता क्या फिर उसने अपना पंख फैलाया फिर इतनी ऊंची उड़ान भरी उसने कि वो समझ नहीं पाया ये सब हो क्या रहा है उसके साथ वो तो कभी उड़ना जानता ही नहीं था लेकिन हाँ उसके खून में था उड़ान जो उसे उड़ा के इतने दूर ले गया उसने देखा कि उसकी मम्मी दो दिनों से एक झाड़ी में फंसी हुई है फिर उसने अपनी मम्मी को उस झाड़ी से छुड़ाया फिर उसकी मम्मी ने पूछा बेटा तुम तो उड़ना जानते नहीं थे तुमने उड़ना सीखा कहाँ से फिर उसके बेटे ने कहा मम्मी भले ही मैं उड़ना नहीं जानता था पर मुझमें कुछ ऐसा विश्वास आया जिससे मैं उड़ गया उसने कहा कि मम्मी मैंने भरोसा किया अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे और मैं उड़ गया बस यही आपको करना है उस बाज की तरह आप में भी उतनी लगन है कि आप कुछ कर सकते हो भले ही आप नीखिए हो इस फील्ड में बस जरूरत है एक ऊंची उड़ान की एक ऊंची उड़ान की सोच की भले ही सिचुएशन कैसा हो आप उड़ जाओगे उतना ऊंचा, जितनी बाज उड़ गया, आप दिखा दोगे इस दुनिया को कुछ करके बस जरूरत है अपने आप पे पूरी लगन से भरोसा करने की कर लो भरोसा अपने आप पे एक दिन ये भरोसा ना आपको इतनी ऊंची उड़ान देगा कि आप तंग रह जाओगे कि मैं इतना ऊंचा उड़ कैसे पाया मैं इतना ऊंचा उड़ कैसे पाया दोस्त रास्ता रास्ते पे जाने से मिलती है पैट के रास्ता देखने से नहीं जरूरत है एक बार इतनी कदम बढ़ाने की रास्ता खुद ब खुद नजर आना चालू हो जाएगा